यूट्यूबर अरमान मलिक कभी अपनी दो पत्नियों को लेकर चर्चा में रहते हैं तो कभी दोनों पत्नियों के प्रेग्नेंट होने को लेकर ट्रोल हो जाते हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि शादीशुदा अरमान को कृतिका कैसे दिल दे बैठी थी क्या इसमें उनकी पहली पत्नी पायल की रजामंदी थी आइए जानते हैं सोशल मीडिया की दुनिया अलहदा होती है यह किसी को पल भर में सिरामखों पर बैठा लेती है तो चंद पलों में ही उसे फर्श पर पटक भी देती है कुछ ऐसे ही लम्हों से यूट्यूबर अरमान मलिक भी गुजर चुके हैं अपनी दोनों पत्नियों को लेकर अरमान अक्सर ट्रोल होते हैं ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नियों के बारे में खुलकर बातचीत के साथ ही बताया कि पायल के बाद कृतिका कैसे उनकी जिंदगी में आई और तीनों एक साथ कैसे रहते हैं अरमान ने बताया कि उनकी शादी करीब आठ साल पहले पायल से हुई थी उनका एक बेटा भी है वही पायल एक बार फिर प्रेग्नेंट है माना जा रहा है कि उनके जुड़वा बच्चे हो सकते हैं पायल ने बताया कि अरमान काफी अच्छे इंसान है वह उनके बेनतहा मोहब्बत करते हैं उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी रहा जब परिवार के दबाव में पायल अरमान को छोड़कर चली गई थी बता दे कि पायल और अरमान ने भी लव मैरिज की थी कृतिका ने बताया कि पायल और अरमान का रिश्ता काफी अच्छा था मैं पायल को काफी पहले से जानती थी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे उस दौरान मेरी मुलाकात अरमान से हुई अपने कदम आगे बढ़ाने से पहले हमने पायल से इजाज़त ली उनकी मोहब्बत देखते हुए पायल भी इसके लिए तैयार हो गई हालांकि अपने घरवालों से हमने यह बात छिपाई कि अरमान पहले से शादीशुदा है और पायल उनकी पहली पत्नी है कृतिका के मुताबिक शुरुआत में हम तीनों टिकटॉक पर एक साथ वीडियो बनाते थे धीरे धीरे घरवाले पूछने लगे कि पायल हर वीडियो में उनके साथ क्यों होती है एक दिन उन्होंने हर किसी को सच बता दिया इसके बाद उनकी जिंदगी में भूचाल आ गया पायल के घरवाले उन्हें ले गए और करीब एक साल तक पायल अरमान से दूर रही दर्द की इंतहा होने पर अरमान ने जान देने की धमकी दी तो पायल उनके पास लौट आई इसके बाद तीनों हंसी खुशी साथ रहने लगे पायल ने बताया कि कुछ लोग उनके वीडियो पर उन्हें ट्रोल करने की कोशिश करते हैं